लव एंड लव फेसबुक लव डार्लिंग वीडियो कल करो ना। जानू पापा घर पर है एन आर स्टूडियो वीडियो में एक बार फिर से खुशखाम दी बेसारे मर्दों की जिंदगी में रखा ही क्या है तीसार मुर्गा बनाती थी बेबी गधा बनाती है और गर्ल फ्रेंड भी उल्लू बनाती है कजा बेच है <laughs> पाक के अंदर जाने से पहले लिपस्टिक पाक से बाहर निकालने के बाद ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूं <laughs> आज टैडी ले लो कुछ दिन बाद बेबी ले लेना <laughs> है ब्यूटी पार्लर के मेकअप का आसार oh wow! लेकिन रियलिटी में दिखता है ऐसी <laughs> ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। जिसका गर्लफ्रेंड नहीं है वो गर्लफ्रेंड ढूंढता रहता है और जिसका गर्लफ्रेंड है वो परेशान से शांति ढूंढता रहता है लेकिन फिर भी शांति ही नहीं मिलता उसको एक थप्पार में गुनगुन गुन सिंगर का स्पॉट डेड कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> जीएफ मतलब गुड फ्रेंड समझा था इसलिए आज तक सिंगल हूं आज पता चला जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड भगवान मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड दे दो भगवान बादशाह मैं तो देता हूँ लेकिन तुम लोग ही भाइया बनाता रहता है प्यारी समझ गई <laughs> <laughs> जो लड़की सोचता है कि मेरे पीछे बहुत लड़का घूमता है वो लड़की याद रखना जब मार्केट में सामान का प्राइस कम होता है तब कस्टमर जेदा होता है ढूँढे का तो रेगिस्तान में भी पानी मिलेगा लेकिन दुनिया में कितना भी ढूंढो सिंगल लड़की नहीं मिलेगा उम्मीद है की एन आर स्टूडियो के यह वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे आप लोगों का प्यार भरे कमेंट के लिए बेहद शुक्रिया मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ तो आज के लिए बाय बाय